पात्रा गुजराती में इसे पात्रा बोलते हैं और मराठी में थे पत्तौड़ ये अरबी के पत्तों और बेसन के पेस्ट से बनता है इसमें जो भी सामान लगता है सब हमारे पास किचन में अवेलेबल होता है बारिश के मौसम में ये पत्ते इजीली अवेलेबल है एक हेल्दी और टेस्टी स्नैक्स है तो चलिए इसे बनाते हैं अरबी के पत्ते को एक मसलिन क्लोथ से पोच के रख लेंगे फिर इसकी बेंस निकालेंगे हम लोग बेंस बेसिकली इसलिए निकालते हैं आ, अगर ये बेंस जो मोटी मोटी है नहीं निकाले तो थोड़ा जब हम खाते हैं तो हमें खुजली सी लगती है टेस्ट में वो लगता है बेसन लेंगे उसमें हल्दी मिलाएंगे लाल मिर्च पाउडर डालेंगे उसमें हरी मिर्च अदरक का पेस्ट मिलाएंगे थोड़ा तीखा मीठा खट्टा टेस्ट होता है पात्र का थोड़ा गुड़ डाला अब हम इमली का पेस्ट डालेंगे और पानी की मदद से इसे हम एक थिक कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनाएंगे अच्छे से इसको हिलाएंगे जिससे कि इसमें कोई भी गांठ या कुछ ना रह जाए और जब इसका एकदम अच्छा कंसिस्टेंसी का पेस्ट बन जाएगा आप देखेंगे इसको चार से पाँच मिनट तक आपको मिलाना रहेगा एक ही डायरेक्शन में जब एकदम इसकी कंसिस्टेंसी सॉफ्ट हो जाएगी आप देखेंगे इसको तो आपको पता चलेगा इसकी कंसिस्टेंसी फॉलिंग कंसिस्टेंटी शिफोन कंसिस्टेंटी साइप का कंसिस्टेंसी टाइप का है अभी हमारी बेसन पेस्ट रेडी है एक प्लेट में अरबी के पत्ते फैलाएंगे एक बार कॉर्नर उधर दूसरी साइड रखेंगे पत्ते का एक बार कॉर्नर इस साइड रखेंगे ऐसे करके हम पाँच से छः पत्ते लेंगे और सब पत्तों पे बेसन फैलाएंगे बेसन का पेस्ट फैलाएंगे पर ये याद रहे बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं फैलाना है क्योंकि जब हम इसे रोल करेंगे तो हमें थोड़ी दिक्कत होएगी इसलिए थोड़ा भी एक्स्ट्रा बेसन है तो उसे हटा दीजिए और पूरी डायरेक्शन में बेसन फैलाइए अब इसको हम फोल्ड करेंगे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे प्रेस करने से बेसन बाहर नहीं निकलेगा और प्रेस फोल्ड करने के बाद वापिस उस पर बेसन स्प्रेड करेंगे और इसको एक बुक फोल्ड दे देंगे अच्छा सा बुक फोल्ड हो जाने के बाद इधर उधर जो भी बेसन है वो हम हटा देंगे बेसन पेस्ट दूसरी तरफ हम एक जब ही हमारा पत्ता रेडी करते हैं हम पात्रे का रोल रेडी करते हैं उससे पहले ही हम एक बर्तन को स्टीम वेसल्स को गैस पे रख देते हैं जिससे कि जैसे ही रेडी हो हम इसको स्टीम कर सके उस बर्तन को हम ग्रीस कर देते हैं ऑयल से ऑयल से ग्रीस करने से ये इस पर चिपकता नहीं है अब ये पत्ता तो मेरा रेडी है इसको हम स्टीम करने के लिए रख देते हैं बीस मिनट तक मैं इसे पकाऊंगी बीस मिनट के बाद कुकर को खोल के देखते हैं अरे ये तो एकदम रेडी है हम इसको बाहर निकालेंगे और डेढ़ इंच की थिकनेस से जितना एक शार्प शार्पनाइट से कट करेंगे सारा जब हमारे पूरे कट हो जाएंगे कढ़ाई में तेल लीजिए गरम कीजिए राई और तिल डालकर उसमें छोंक लगा देते हैं एक एक करके सब पात्रे इसमें रख देंगे और दो से तीन मिनट तक एक साइड सेकेंगे फिर इसको पलट लेंगे फिर इसको एक प्लेट में सर्व करेंगे क्रिस्पी और टेस्टी पात्रा रेडी है हमारा थोड़ा सा नारियल और हरा धनिया इस पे स्प्रिंकल कर देंगे आइए टेस्टी पात्रा इन्जॉय करते हैं चलिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए और इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कैसा टेस्ट करता